जिम जाने वालों की संख्या एक जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ज्यादा होती है बिकॉज नया नया जोश चढ़ता है कि इस बार मैं जिम जाऊंगा ये बॉडी बनाऊंगा ऐसा वर्कआउट करूंगा और ज्यादा से ज्यादा जिम की सब्सक्रिप्शन लेने वो निकल जाता है लेकिन जैसे ही बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तारीख आती है धीरे धीरे उसका उखार नीचे उतरना शुरू कर देता है क्योंकि किसी भी काम को करना और करते रहना दोनों अलग अलग